हाँ हम मुट्ठी को तू तेरे खोल के पड़ दिल से नहीं दिमाग से बोल दिल से नहीं दिमाग से बोल जो बोला तूने वो करके छोड़ कैसे करूंगा करूँगा मत तू सोच दुनिया बड़ी है अकेला खड़ा है अकेले में दुनिया हिलाने का दम मुट्ठी को तू तेरे खोल के पढ़ दिल से नहीं दिमाग से बोल दिल से नहीं दिमाग से बोल पैसा कमाना मंजिल तु तु मिलेगा एक दिन पैसे के लिए होते झगड़े हाथों हाथों से जाते सर पायलोग्राफ सॉन्ग अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए